हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपको समझाने वाला हूँ ट्वेंटी केमिकल फॉर्मूला एलिमेंट्स का कैल्शियम ऑक्साइड इसका होगा केमिकल फॉर्मूला है CaO मैग्नीशियम ओ इसका केमिकल फॉर्मूला है MgCl2 जी हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला है ए ए में ओ जिंक सल्फाइड जिंक सल्फाइड डे एन एस ओ हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू क्लोराइड के कैल्शियम नाइट्रेड सी ए क्लोराइड बी सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ अलुमिनियम सोलैट ए एल नाइट्रेट सी यू होल टू अलुमिनियम क्लोराइड ए अमोनियम सल्फेट एन मैग्नीशियम नाइट्रेट होल टू कैल्शियम नाइट्रेड सी ए होल एनो थ्री होल टू अमोनियम फॉस्फेट एन कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ कार्बन टेट्रा क्लोराइड अब कोई वाला केमिकल फॉर्मूला अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका डाउट है जो डाउट होगा आपका वो हम सोल्यूशन निकाल के आपको वीडियो वीडियो दिखाएंगे चलता हूं बाय